नमस्कार मित्रों मैं आशीष वत्स आप सभी के हृदय कमल पर विराजमान उन छीर सागरवासी भव भय भंजन भगवान श्री हरि विष्णु की सदा आलोकित ज्योति को सादर शीर झुका करके प्रणाम करता हूँ मित्रों आप सभी इस तथ्य से भली भांति अवगत है कि त्योहार भारतीय संस्कृति व जीवन परंपरा का एक अभिन्न अंग है और इन त्योहारों में सबसे रंग बिरंगा सबसे अनोखा हृदय को प्रफुल्लित व उत्साहित करने वाला तथा मन में नव चेतना का संचार करने वाला त्यौहार है होली आह हाहा हा कितना सुरम्य व कितना सुंदर वातावरण हो जाता है होली के बारे में जब हमारे मन में विचार आते हैं साथियों फाल्गुन की हल्की ठंडी बयान होती है भगवान सूर्यनारायण अपनी दिव्य रश्मियों के साथ भारत भूमि को एक नई जीवन ऊर्जा एक नवीन चेतना प्रदान कर रहे होते हैं साथियों ना सिर्फ इस पर्व का एक प्राकृतिक अभी तो साथ ही साथ ज्योतिषीय व धार्मिक महत्व भी बहुत ही अधिक है ब्रह्म तत्व का बोध कराने वाले हिंदू धर्म ग्रंथों व साहित्य में भी इस त्यौहार का बड़ा ही विषद और मनोहारी वर्णन देखने को मिलता है कथा कुछ यूँ है मित्रों कि जब दैत्यराज राज अपनी शक्ति के आवेश में मतांध होकर अपने ही पुत्र भक्तराज प्रहलाद को अपनी बहन होलिका के द्वारा अग्निकुण्ड में भस्म करने का एक विफल प्रयास किया किंतु भक्तवत्सल भगवान श्री हरि विष्णु की कुछ ऐसी कृपा हुई कि होलिका जिसको की वरदान था कि अग्नि से नहीं जलेगी वो स्वयं ही उस अग्निकुंड में, में भूत हो गई। वो कहते हैं ना मित्रों कि तीन लोक में भुवन चाहे बैरी होए, जाको रखे साईया मार सके ना कोई हाँ तो मित्रों होली के इस पावन कथा के बाद अब चलते हैं अपने मुद्दे पर और आपके मतलब की चीज अर्थात आपकी राशि आपका लग्न आपका नक्षत्र आपका नाम अक्षर इस दिव्यतम अवसर पर वो कौन सा ऐसा एक प्रयोग है वो कौन सा ऐसा एक उपाय है जो वृषभ राशि के जातकों का भाग्य बदल करके रख देगा आपके अपने कैरियर अपने परिवार अपने स्वास्थ्य अपने धन संबंधी जो भी आपने गोल सेट किए हैं आप उनको अचीव कर सके वृषभ राशि के जातक को आप लोग सतर्क होकर के पिन पेपर अपने हाथ में ले लीजिए और ध्यान से हमारी बातों को सुनें और इन उपायों को नोट करें व दूसरों के साथ अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जम करके शेयर जरूर करिए ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं सभी का भला होना चाहिए तो वृषभ राशि के जातकों होलिका दहन वाले दिन आपको करना क्या होगा होलिका दहन वाले दिन आपको खाड़ वाली मिश्री जी हाँ ये पंसारी पूजा पाठ या जो है किराने की स्टोर पर आपको मिल जाएगी खाड़ वाली मिश्री के साथ साथ आपको दो गोमती चक्र लेना है और थोड़ा सा आपको कपूर लेना है अंग्रेजी में इसे देखिए कैंफर भी बोलते हैं इसको अपने शरीर से लेना है और जब होलिका इन जल नहीं होंगी तो वहाँ पर आपको जाना है अपने हाथों में लेना है अपने शरीर के ऊपर से शरीर के ऊपर से या सर के ऊपर से जैसे भी हो सात बार एंटी क्लॉकवाइज, जी हां क्लाकवाइजर्थ एंटी क्लॉकवाइज उतार कर होलिका दहन में इन वस्तुओं को आपको डाल देना होगा इनकी आहुति आपको देनी होगी ये उपाय आपको होलिका दहन की रात में करना उसका मुहूर्त उसके लिए एक से हमने अपने चैनल पर वीडियो बनाया है आप लोग जा करके शुभ मुहूर्त देख सकते हैं यदि आपके बिजनेस और व्यापार में लाभ नहीं हो रहा ठप पड़ा हुआ है तो होली के दिन सुबह आपको करना क्या रहेगा एक आपको गुलाल का पैकेट लेना है और ये गुलाल का जो पैकेट होगा पिंक कलर का होगा ठीक है अब उसमें आपको क्या करना है कि एक मोती शंख और चांदी का बना हुआ एक कछुआ देखिए वीडियो इतनी पहले इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप इन सामग्रियों को भी इकट्ठा कर ले तो एक आपको मोती शंख लेना है और एक चांदी का बना हुआ कछुआ चूंकि मोती की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय दर्शकों देखिए हुई थी और मद्राचल पर्वत पर कच्छप के ऊपर रख करके समुद्र को मथा गया था इसीलिए हमने यहाँ पर कछुए की रिंग आपको बोली है तो करना क्या रहेगा और देखिए मोती जो है ये माँ लक्ष्मी के भाई हैं क्योंकि माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव भी समुद्र मंथन के समय ही हुआ है इस हिसाब से यदि देखा जाए तो मोती शंख को माँ लक्ष्मी का भाई भी हमारे धर्म ग्रंथों में शास्त्रों में पुराणों में कहा गया है तो पिंक गुलाल के पैकेट में एक आपको मोती शंख लेना है चांदी का एक कछुआ लेना है थोड़ा सा सफेद मलयागिरी चंदन ये चंदन अलग होता है तो मलयागिरी चंदन आपको रखना रहेगा एक वाइट कलर के कपड़े पर श्वेत रंग के वस्त्र पर आपको इसको रखना रहेगा और मौली से इन सभी वस्तुओं को आपको लपेटना रहेगा इसके बाद इसको जिस दिन रंग खेला जाएगा उस दिन सुबह अपने तिजोरी में श्रीम श्रीम श्रीम श्रीम, श्रीम बोलते हुए आप लोग रखिए निश्चित रूप से आपका व्यापार आपका जो है व्यवसाय आपकी नौकरी में आपको लाभ मिलेगा इसमें तो कोई संशय मात्र भी नहीं है वृषभ राशि के जातकों बहुत ज्यादा आपने प्रयास कर लिया है लाख प्रयास करने के बाद भी यदि आप रोजगार पाने में असफल होते हैं तो होलिका दहन जिस दिन होगा उस दिन रात्रि 11 से 12 बजे के बीच एक आपको दाग रहित जिसमें दाग ना हो पीले रंग का नींबू लेना है और किसी चौराहे पर चले जाइएगा वहीं पर जाकर के उस नींबू को चार बराबर भागों में काट लीजिएगा और चारों अपने सर के ऊपर से सात बार एंटी क्लाक घुमाना रहेगा और चारों दिशाओं में आपको फेंकना रहेगा बस ध्यान ये रखना है कि आपको पीछे पलट करके नहीं देखना है कि क्या क्रिया आपने की है फिर आप चुपचाप घर चले आइए श्रद्धा पूर्वक किया गया जो है ये उपाय आपको शीघ्र ही रोजगार प्रदान करेगा वृषभ राशि वालों होली के दिन आपको किस रंग के वस्त्र व परिधानों का प्रयोग करना है और कौन सा रंग होली खेलने के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त व भाग्यशाली होगा तो मित्रों होली के दिन आप नीले या सफेद कलर के वस्त्र के साथ यदि आपने पिंक ब्लू या सिल्वर कलर के अबीर या गुलाल का प्रयोग कर लिया तो सोने पे सुहागा होगा आपका भाग्य जागेगा और यह होली आपके लिए यादगार रहेगी तो दर्शकों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा अपने आशा व विश्वास को ऐसे ही बनाए रखें और हमें प्यार व आशीर्वाद से ऐसे ही अभिशिंचित करते रहें इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ इस वीडियो को लाइक रूपी स्नेह व प्यार देने के लिए आपका हृदय से आभार जल्द ही मिलेंगे आपसे एक नए व ज्ञानवर्धक विषय के साथ तब तक, तक के लिए होली की अविरल शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं सादर प्रणाम